गुजरात के एक व्यापारी ने उज्जैन में श्री महाकाल बाबा को हीरे से जड़ा हुआ मुकुट भेंट किया है मुकुट अमेरिकन डायमंड से सजा हुआ है जो देखते ही बन रहा है व्यापारी ने मुकुट के साथ कुंडल माला चांदी का लोटा और भगवान कार्तिकेय के डायमंड लगे वस्त्र भी भेंट किए हैं जिसकी सभी ओर चर्चा हो रही है साल भर में लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचते हैं दिवाली के मौके पर बड़ी संख्या में महाकाल के दर्शन के लिए भक्त आ रहे हैं वही गुजरात के सूरत से आए एक व्यापारी किशन ने भगवान महाकाल को अमेरिकन डायमंड का मुकुट कुंडल माला, चांदी का लोटा और भगवान कार्तिकेय के, के डायमंड लगे वस्त्र अर्पित किए हैं उन्होंने बताया कि लंबे समय से भगवान महाकाल के लिए मुकुट बनाने की इच्छा थी जिसे पूरा करने के बाद भगवान महाकाल को अर्पित करने के लिए लेकर पहुंचे हैं करीब डेढ़ महीने में अमेरिकन डायमंड से भगवान के लिए मुकुट माला और अन्य आभूषण तैयार हुए हैं